इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ का दिखाते हैं स्थिति क्या क्या है जे तो चलते हैं स्टार्ट